हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे मैं आज आपको टेली प्राइम के अंदर या फिर कहीं कोई भी चाहे वर्जन कोई भी होता है लिखा तो उसके अंदर हम अपना डाटा कई बार क्या होता है कि एक ही कंपनी कई डाटा बन जाते हैं तो उनमें से हमें फालतू वाले डाटा डिलीट करने होते हैं तो वह डिलीट कैसे करते हैं भी हम सीखेंगे तो ये हमारे पास जैसे कंपनी है इनमें से कोई कंपनी मान लो अपने फालतू बन गई है तो एप थ्री से हमारे पास कंपनी जॉब बन वो सारी आ जाती है वन और एप थ्री से करते हो तो आपके सामने कंपनी जाती है जो जो बनी हुई है तो मान लीजिए हमारे पास मनी स्टेंडिंग कंपनी दीप एक्सक्लूजिव शीड ग्रॉप हाउस है हमने एक कोई भी एक कंपनी जो हमारे दीप एक्सक्लूजिव है हमारे पास यह जो कंपनी है ये फालतू तो बनी हुई है हम चाहते हैं ये यहाँ यह से हट जाएगा डील हो जाए क्योंकि हमसे फालतू एक कंपनी इसको हम रखना नहीं चाहते तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका नंबर क्या है क्योंकि निर्धारित होता है दस हजार दो है तो 10,002 हजार दो को या हम याद रखेंगे या कहीं लिख लेंगे फिर दूसरा होता है कि ये पढ़ी कहाँ पे फाइल तो ये जो डी प्रोग्राम फाइल टेलीप्राइम ये यहां पर पड़ी है तो हम क्या करेंगे इसको डेट करने के लिए सबसे पहले हम रहेंगे डी प्रोग्राम फाइल और टेली प्राइम में तो डेस्क टॉप पे आ जाते सबसे पहले डी फोल्डर फोल्डर फोल्डर डी डी में जाएंगे में के था, था। तो मैंने आपको बताया था नंबर याद रखना है तो है नंबर तो नंबर ही महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर तो उसके अंदर देखने के लिए हम टेलीप्राइम में वापस भी जा सकते हैं जबकि है। है, दस हजार दो तो हम इस दस को जहां से परमानेंट डेट तो कर सकते हैं वरना राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हो और ये कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो ओपन है इसे डिलीट नहीं हो पाएगी इसलिए हम कैसे क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे यहाँ से अब थ्री करेंगे शर्ट कंपनी करेंगे डीट एक्सक्लूज ये डीट एक्सक्लूज बंद हो गई है अब यहाँ से यह डिलीट हो जाएगी ये डिलीट हो है अब देखिए ऑल्ट थ्री करेंगे तो यहाँ पे दिख एक्सपीडियो आपको नजर नहीं आएंगी तो ये आपने सीखा कि कंपनी डिलेट कैसे कर करते हैं तो थैंक यू